भारत गणराज्य की पंद्रहवीं और देश की प्रथम आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आइए जानें कुछ अनसुनी बातें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में द्रौपदी मुर्मू जी मूल रूप से ओडिशा राज्य से आते हैं इनका जन्म 20 जून उन्नीस को हुआ था शिक्षा जगत में इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और यदि इनके कारोबार के बारे में बात करते हैं व्यवसाय के बारे में तो इन्होंने अध्यापिका यानी कि एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन का आरंभ किया है उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई इन्होंने राजनीतिक जीवन साल उन्नीस में नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीति जीवन का आरम्भ किया था मुर्मू जी मेन रूप से संथाल परिवार चाहते हैं और इनका मूल जो भाषा होता है वह संथाली होता है और दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाए ये संथाली जनजाति जो होती है यह मुख्य रूप से पहाड़ के इर्द गिर्द अपना जीवन यापन करते हैं और मुख्य रूप से ये लोग प्रकृति के पुजारी होते हैं प्रकृति को ही भगवान मानते हैं जल जमीन जंगल ये सब इनका भगवान के रूप में होते हैं और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम रहा साथ ही वह किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर वे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुने जाने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई और अगर हम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत स्वतंत्रता के बाद दूसरी बार महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम रहेगा इसके पूर्व प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वर्ष 2007 में राष्ट्रपति बनी थी देश में राष्ट्रपति अब तक पंद्रह बार चुनाव हुए हैं जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति रहे जो दो बार लगातार क्रमशः उन्नीस और उन्नीस में राष्ट्रपति बने थे से सभी का कार्यकाल एक बार ही रहा है तो ये वीडियो थी नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारा नेट ऑफ विल YouTube चैनल